परेशानी मेरी परेशानी आज के बाद मैं तेरे साथ भीख मांगूंगा मैं बताऊंगा कैसे भीख माँगते हैं चल चल चल चल पागल हो गया है क्या है? और ना लिखना मत भीख माँग बाहर जाकर दिमाग खराब हो गया है इस बिट्टू का इनके मत सुन इनका रोज का है ये मत कर वो मत कर ऐसा मत कर वैसा मत कर अरे मैं नहीं कर कर करके थक गई करूँगा दोस्ती मदद पागल हो गया है क्या तू जा, तू जा। अरे चल, चल, चल। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है अरे बिट्टू कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? पहले सब कहते थे तेरा पागल बेटा तेरा पागल बेटा अब कहेंगे तेरा भिखारी बेटा आज यहाँ भीख मांग रहा था आज वहाँ भीख मांग रहा था आ, आ, आ। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे वो देखो भिखारी बिट्टू के पापा जा रहे है कोई कहें भिखारी बिट्टू के पापा हमारे घर में आना कोई कहेगा ये कौन है अरे ये तो भिखारी बिट्टू के